2018 में चुनाव के सम्पन्न होने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने ठेकेदारों से कई निर्माण कार्य संपन्न कराए थे जिनमें से अधिकांश ठेकेदारों को कार्य पूरा होने के बाद रकम दे दी गई थी लेकिन कुछ ठेकेदारों को तीन वर्ष बाद भी निश्चित धन राशि नहीं दी गई जिससे गुस्साए ठेकेदारों ने नगर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और बकाया राशि देने की मांग की वहीं राशि नहीं दिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है उत्तराखंड के डोईवाला में नगरपालिका प्रशासन ने ठेकेदारों से कई निर्माण कार्य कराए थे लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के तीन वर्ष बाद भी नगरपालिका प्रशासन ने ठेकेदारों को उनके काम के पैसे नहीं दिए जिसके चलते सभासद मनीष कुमार धीमान के नेतृत्व में ठेकेदारों ने नगरपालिका प्रशासन को ज्ञापन सौंपा विज्ञापन में काम के पैसे देने की मांग की साथ ही मांग पूरी न किए जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी वहीं सभासद मनीष कुमार धीमान ने कहा कि तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी ठेकेदारों ने जो निर्माण कार्य किया था उनके कार्य का भुगतान नहीं हुआ है जिससे ठेकेदारों को बड़ी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है कुछ ठेकेदार ऐसे भी हैं जिन्होंने कर्ज लेकर नगर पालिका में निर्माण कार्य किए हैं इसके बावजूद भी नगर प्रशासन ठेकेदारों को उनके हक हाँ का पैसा नहीं दिया है सभासद मनीष कुमार धीमान ने कहा कि नगर पालिका प्रशासन का रवैया ठेकेदारों के प्रति सही नहीं है जिसका खामियाजा ठेकेदारों को भुगतना पड़ रहा है वहीं ठेकेदार जाकिर हुसैन व सतेंद्र कुमार ने कहा कि नगर पालिका प्रशासन कुछ ठेकेदारों को उनकी दे रकम ना दिए जाने के लिए बहाना बनाकर टाल कर रही है वहीं दूसरी तरफ नगर कुछ ठेकेदारों को काम होते ही पैसा दे देती है ऐसे में नगर के दोहरे रवैये से ठेकेदारों को परेशानी हो रही है आज हमने असल में यहाँ पे एक अधिशासी अधिकारी महोदय के लिए ज्ञापन दिया है जिसमें अगर आप देखें नगरपालिका बनने के बाद वर्ष 2019-20 और 2021 में जिन ठेकेदारों ने नगरपालिका में काम किए हैं उनको आज तक उनकी दे धनराशि का आवंटन नहीं हुआ है यहाँ तक कि कुछ ठेकेदारों से पालिका प्रशासन के तत्कालीन अधिकारियों ने सीमा से अधिक काम कराया जितना उनको पहले काम आवंटन हुआ उससे अधिक काम कराया किंतु उसका भी पैसा इनको नहीं दिया जा रहा है आज आलम यह है कि कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जो बेचारे कर्ज पर लेकर नगर पालिका में काम करते हैं और उनका गुजर बसर पारिवारिक ईजी काम करने के बाद ही चलता है अब वो बेचारे या तो कर्ज देंगे लोगों को अपना परिवार वाले उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो चुका है और यदि आप देखें पालिका प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही तो कर ही रहा क्योंकि आगे कई लोगों को पेमेंट मिल चुकी है अगर आप जानकारी नगर से लें तो कई लोग ऐसे हैं इनको लगातार काम करने के तत्काल बाद एकदम पेमेंट मिल जाती है या तो उनसे इनकी शार्ट अच्छी है या फिर इन लोगों से दुश्मनी अच्छी है दोनों से एक ही काम हो रहा है तो पालिका प्रशासन से मेरी मांग यही है इनके दर्द को समझे इनकी पीड़ा को समझे ये ना इनके साथ राजनीति करके इनको पेमेंट टाइम से नहीं दी जा रही है इनको जल्दी पेमेंट दी जाए ताकि ये लोग अपने जो भी कर्ज हैं और जो पारिवारिक जिनकी इतनी भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण कर सके मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य ऐसी संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है